नमस्कार मैं हूं सत्यम शर्मा आप देख रहे हैं दखल न्यूज का विशेष कार्यक्रम चर्चाएं खास चर्चाएं खास में आज हम बात करेंगे एनजीओ की अनुनय एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी की फाउंडर आ, माही भजनी जी हमारे साथ हैं इसके साथ ही ए के भट्टाचार्य जो सीईओ हैं अनुय के वो भी हमारे साथ हैं मैं आपको बता दें उन्होंने एक सम्मान समारोह आयोजित करता है महिलाओं के लिए सम्मानित सम्मान समारोह सम्मान रहता है ऊर्जस्विता नाम है इसकी पूरी जानकारी लेंगे मैडम से मैडम ऊर्जस्विता सम्मान समारोह जो महिलाओं के लिए आयोजित हो जाता है हर हर साल आयोजित किया जाता है आप थोड़ा इसके बारे में बताएँगे सत्यम जी उर्जस्विता को हमने पिछले साल से शुरू किया 2021 से हमारी संस्था को 10 साल पूर्ण हुए थे और हम सभी को हमारे जो जितने भी संस्था सदस्य हैं हम सभी ने ये बैठकर इस बात को इस बात का निश्चय किया कि कुछ महिलाओं के लिए उनके सम्मान के लिए उनके मोटिवेशन के लिए कुछ किया जाना चाहिए जैसे कि यदि मैं पर्सनल तौर पर बात करूं तो जो मैंने समाज सेवा की है जिसके लिए आ, समाज के लोगों ने मुझे बहुत सराहा है और उसकी वजह से सच कहूं तो मेरे अंदर बहुत मोटिवेशन आया मतलब जब हमें कोई भी सम्मान मिलता है तो उसके बाद हमारी जो है आ, कहना चाहिए कि आ, काम करने के लिए और जोश बढ़ जाता है और हमारे ऊपर एक रिस्पांसिबिलिटी भी आ जाती है कि इतना जो समाज के लोग हमें ये कहते हैं कि तुम बहुत अच्छा काम करते हो या तुम्हारा काम बहुत अच्छा है या फिर इस वजह से सोसाइटी में कहीं ना कहीं कुछ चेंज आ रहा है तो वो हमारे अंदर एक भाव को निर्मित करता है कि अब हमें और अच्छा काम करना है अब हमें समाज में कुछ और अच्छी चीजों को देना है तो हमने इसीलिए ऊर्जस्विता को पिछली साल से स्टार्ट किया माँ जी सबसे पहले यही पूछना चाहेंगे ये ऊर्जस्विता नाम कैसे सूझा आपको कि कैसे ऊर्जस्वता रखे नाम तो बहुत सारे हो सकते हैं इसका मीनिंग एग्जेक्टलीर्जस्वता exactly. का मतलब होता है ऊर्जा का स्रोत शक्ति का स्रोत देखिए महिला जो है वो अपने आप में शक्ति है दुर्गा माँ जी ने कहा जाता है काली माँ जी ने कहा जाता है और हमारे यहाँ सभी हमने जो निश्चित किया कि हम महिलाओं का सम्मान करेंगे तो मुझे ऐसा लगा कि सम्मान समारोह में ऊर्जस्विता सबसे खूबसूरत नाम था और हर ऊर्जस्वता अपने आप में जब मंच पर आएगी एक सम्मान ग्रहण करने के लिए तो उसे इस ऊर्जस्वता नाम के साथ अपने आप में एक उस समय एक शक्ति का संचार उसके शरीर में होगा उसके मन में होगा जैसे तो हमें किन महिलाओं का सम्मान किया जाता है क्या विशेष फील्ड रहती है कि इन फील्ड से सम्मान जो महिलाएं जिन्होंने कुछ मुकाम हासिल किया है जो कुछ समाज के लिए अच्छा कर पाए उनको किया जाता। जी बिल्कुल सत्यम जी इसमें हम जिन महिलाओं को चुनके लाए हैं वो सच कहूँ तो बिल्कुल नगीने हैं बड़े हम लोग हमारी रिसर्च टीम ने काम किया और ऐसी बीस इक्कीस महिलाओं को हम लेकर आए हैं यहाँ मंच पर जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में बहुत मेहनत करके अपना नाम एक समाज में अपना एक मुकाम बनाया है और एक नाम हासिल किया है अच्छा पिछले साल से आपने ये एनजीओ जी को ये जो सम्मान समारोह इसको स्टार्ट किया इस वर्ष भी हो जाए इस वर्ष कहाँ होगा कैसे आयोजित होगा कुछ इसकी जानकारी जी ये जो सम्मान समारोह है उर्चस्वता दो हज़ार इसका आयोजन आई जो होटल मैनेजमेंट है शाहपुरा में वहाँ पर किया जा रहा है और ये 19 दिसंबर को शाम चार बजे से शुरू होगा इसके मुख्य अतिथि आदरणीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री मोहन यादव जी हैं और कार्यक्रम की अध्यक्षता जो है वो हमारी जो महापौर है राय जी वो करेंगी और इसके साथ ही विशिष्ट अतिथि जो हैं वो किशन सूर्यवंशी जी हैं जो की नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंसिपल आनंद सर और बाल आयोग के पूर्व सदस्य विभांशु जोशी सर हैं ऊर्जा सम्मान समारोह 19 दिसंबर को मनाया जाएगा भारत देश में महिलाओं को देवी की तरह पूजा जाता है आ, क्यों करना चाहिए महिलाओं को समान सर आपसे जाना चाहेंगे आ, आ, सत्यम जैसे कि उन्होंने बताया अभी माही जी ने कि ये महिलाओं को जो है ऊर्जा का स्रोत मानते हैं मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ के बोलूँगा कि जैसे महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं हमेशा जो है मैम एम्पावर्मेंट की बात करते हैं तो मुझे तो लगता है कि वो ऑलरेडी सशक्त हैं हम उनके सशक्तिकरण की बात क्यों करते हैं वो पर्या वो जो अपने आप में जो है पूर्ण रूप से सशक्त है और जो पुरुष भी अच्छा काम करते हैं उनको भी पुरस्कार मिलता है अलग अलग फोरम पे यह प्रश्न अभी उठ रहा था कि महिलाओं पुरुष को क्यों नहीं दिया जा रहा तो मेरा इसमें मान, मानना यह है कि जैसे कि हम ये मानते हैं कि अगर एक एक पुरुष को हम शिक्षित करते हैं तो एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं और जब हम एक महिला को शिक्षित करते हैं, तो एक समुदाय को या पूरे समाज को से जो है शिक्षित करते हैं, तो उसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम उसी संदर्भ में देखें तो अगर हम एक महिला को अगर एक्नोलेज कर रहे हैं पुरस्कृत कर रहे हैं सम्मान कर रहे हैं तो हम पूरे एक जो है समाज को पूरे समुदाय को सम्मानित कर रहे हैं और इससे जुड़े हुए जो दूसरे लोग हैं वो भी प्रोत्साहित हो रहे हैं वो देख रहे हैं उनके लिए जो है एक मार्गदर्शन मिल रहा है एक प्रेरणा के स्रोत हैं ये सारे जो जिनको पुरस्कृत त किया जा रहा है तो जैसा कि इन्होंने हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि जो है ये सर्च कमेटी के माध्यम से जो है जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले महिलाएं अलग अलग क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं वो उनको जो है चिन्हांकित करके जो पुरस्कार पुरस्कार दिया जा रहा है इसका मतलब ये नहीं कि बाकी जो जिनको नहीं दिया जा रहा अच्छा कार्य नहीं कर रहे तो मतलब वो भी शायद इनसे ज़्यादा अच्छा काम करने वाले भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको कि हम हमने हम चिन्हांकित नहीं कर पाए लेकिन उद्देश्य यह है कि हमने किसी को सिम्बॉलिक रूप से हमने इनको अवार्ड दे रहे हैं ताकि दूसरे लोग भी जो है ये देखेंगे ये इनका जो कार्य है और ये इनका जो क्षेत्र है वो उनको भी जो है व्यापक प्रसार प्रसार मिलेगा और दूसरे लोग भी जो है प्रेरित होंगे और अच्छा काम करेंगे और उस क्षेत्र का भी जो है क्षेत्र में भी काम करेंगे और महिलाओं के तरह तरह से भी और काम आ, करेंगे अच्छा काम करेंगे तो अपने समाज को जो है कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे तो मेरा सोचना यह है कि जो ये लोग जो काम कर रहे हैं ये देआर ऑन मिशन गिविंग बैक मतलब समाज को वापस दे रहे हैं कुछ है, हम हमेशा लेते रहते हैं तो हम इनको यह इसलिए जो है मैं समझता हूँ ये लोग काफी महत्वपूर्ण हैं और दूसरों के लिए और जो नए लोग आ रहे हैं नए महिलाएं हैं लड़कियाँ जो काम कर रही हैं अपने क्षेत्र में उनके लिए भी ये प्रेरणा के स्रोत हैं। वो खबरें जो, है। जो आपके लिए जरूरी हैं हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं सत्य का अन्वेषण दखल न्यूज